बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रवि की फसल उसकी बुआई होने से पहले ही रवि की छः फसलों का नया एमएसपी एस घोषित किया है और एमएसपी घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि लागत मूल्य से हर फसल 50 परसेंट से ऊपर उसका एमएसपी होना चाहिए बहुत फसलें तो सौ तक भी पहुँच गई हैं इसलिए जो नए एमएसपी घोषित किए गए हैं उसमें चालीस रुपये से लेकर के और चार सौ प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है मैं प्रधानमंत्री जी को केंद्र सरकार को अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो किसानों की आय डबल करने का संकल्प एक मोदी जी ने लिया था वो निश्चित रूप से पूरा होता जा रहा है और आने वाले अगले वर्ष तक और बहुत सी योजनाएं ऐसी आएंगी जिसमें से किसानों की आय डबल होगी साथ ही हरियाणा में भी हम लोगों ने गन्ने का रेट जो पहले से हमारी एक विशेषता रही है कि देश में सर्वाधिक गन्ने का रेट ये हम देते हैं इस बार भी हमने बारह रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके इसको तीन रुपये से तीन सौ प्रति क्विंटल कर दिया है इस नाते से हरियाणा ने भी अपनी भूमिका किसानों की आय डबल करने में ये निभाई है